हाँ <खें> भाई ये ग्यारह इंची का ये छी का ये गारंटी आ गया ये आ गया दस इंची <गस्थ> ये आ गया अठारह इंची का फिर ये आ गया दस इंची छ इंची फिर यह ग्यारंटी